तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू ने देखे गाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर तो गाइड्स हमने पहले जब बैटल रॉयल किया था इस बार हम सीआर आर रैकड़े तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी स्टार्ट हो गया है इसकी लुक चेंज नो नो बस स्टार्ट हो गया मैच अब मैच खेल के लुक चेंज करेंगे आपके बाइक का मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लेंगे ये पिस्टल नहीं हम भी इसे इससे ही काम चलाएंगे लगभग चलो चलो चलो उधर चल बंदा इसको हमारे टीम को मार देंगे कोशिश कर रहे हैं कब से <laughs> हमें जाना चाहिए उस साइड वो इस दर दो दो बंद यार इसने मार डाला इसको मारते दो सेकंड इसको मैं एक बार किन के इसको मारते ही वो दोनों को दोनों डाउंड डाउन हो गए <laughs> चलो एक किल तो हमने ले ली लगभग <laughs> अब विक्ट्री चलो हमने एक किल ली हम पहला राउंड जीत चुके अब भईया हमारा दूसरा राउंड चालू हो चुका है दूसरा राउंड में कौन सी कौन लें चलो शॉट नहीं वेक्टर वेक्टर वेक्टर चलो वेक्टर ले लेते हैं ले लिया हमने वेक्टर और ही हम श्याम नारियल के पेड़ से ऊपर भाई स्टार्ट हो जाना मैच जल्दी कर जल्दी जल्दी मेरे पास हाँ भाई भाई जल्दी और रही चलो हम वेक्टर निकालते एक बार इसको दूर से शॉट देंगे हम ये रहा थोड़ा ये लू ये लोह उधर एक और बंदा है उधर एक बंदा है वो छुपा हुआ रुक जा इसको ये रब हो रहा बोरा दो तो सेकेंड में जब बता था इसको मारते टे एक साथ से दो शर्ट डाउन कर दिया आपके भाई ने हमेशा की तरह धर तो चलो और हम उधर साइड जाते मैच चुका है अब हम अगले राउंड की तैयारी करते हैं राउंड थ्री इस बार भी हम के इसका बार एक बार सेंसिटिविटी uh, कम कर लेते जनरल फोर कर लेते ठीक है कंट्रोल ओके हमें okay. कौन से लेनी चाहिए शॉटगन गन लेनी चाहिए इस बार तो हाँ शॉर्ट बिल्कुल और ये हमें ये लेना चाहिए हाँ बाय कर लिया ओके okay. ले, ले भाई को मैं ठोकता हूँ तो दो सेकेंड रुक अरे भाई अरे फाइनली इसको कर रहे हैं। फाइनली आपके इसको भी डाउन कर दी और नहीं किया इसको भी यार इसको डाउन कर देना चाहिए था भाई के तीन किल हो चुके अभी तक तो चल तू निकल इधर से इधर से निकल तू विक्ट्री ये ये ये ये मैच भी भी भी हम भी भी हम अग, हम जीत जीत चुके चुके हैं लग फाइनली राउंड राउंड आगे फोर्थ फाइनल चालू कर देते एक बार अरे क्या दो सेकंड वो बंदा वो देखा मैंने वो देखा दो सेकंड उसको बताता हूँ मैं कोई किसी से कम नहीं है बाय और मेरे को पता था कब का दे रहा खड़ा खड़ा नीचे उतर गया नीचे उतर गया उसको मैं डायरेक्ट अंदर जाके ठोकूंगा दो सेकेंड इसने मुझे ठोकने की कोशिश किया मैं इसको बताता दो सेकेंड और अब इस्वाइड लगा लिया ये लेते रहे ये हेड शॉर्ट अरे ठोक उसको अंदर जाके ठो इसको मार पाई अरे जाना और उसको डाउन कर दिया है <laughs> मैंने डाउन कर दिया आपके बहन ने हमेशा भी रही इसको भी डाउन कर दिया है भाई और कौन रह गया चलो ये भी हो गए चार किल हो गए लगभग ये मैच फाइनली हम ये मैच इसको भी रुक जो है ये पांच किल हो गए आपके बहन ने इसको भैया जीत गए आपका फाइनल फाइनली जीत चुके मैच अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक like कीजिए और कमेंट कीजिए और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए थैंक यू